लोग हैं हमारे पास रुक तेरे को आएगा <मनतरते laughs> <बजायेगा> ना भिड़ो इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास <laughs>